दर्शकों नमस्कार कन्या राशि के जातकों का अगस्त माह कैसा रहेगा इस माह में कन्या राशि के जातकों के साथ कैसी घटनाएं घटित होंगे कन्या राशि के जातकों की कैरियर जो है कैसा रहेगा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उनके प्रेम प्रसंग कैसे रहेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी उनकी एजुकेशन शिक्षा कैसी रहेगी इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हुए अंत में इस माह के सर्वाधिक शुभ दिवस कौन से हैं उस पर भी प्रकाश डालेंगे प्रतिकूल दिवस कौन से हैं उस पर भी प्रकाश डालेंगे और सबसे अंत में आप लोगों को शुभ प्रयोग उपाय जिसको आप लोग कहते हैं बताते हुए प्रोग्राम का समापन अपने करेंगे तो दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं कन्या राश के जातकों इस पर एक दृष्टि डाल लीजिए तो एक तारीख गुरुवार दिन रहेगी श्रावण मास की अमावस्या रहेगी तीन तारीख को हरियाली तीज रहेगी पाँच तारीख को नागपंचमी है सात तारीख को तुलसीदास जी की जयंती है इसके साथ साथ ग्यारह तारीख को श्रावण उत्तरदा एकादशी का व्रत है बारह तारीख को प्रदोष व्रत है पंद्रह तारीख को श्रावण मास्क की पूर्णिमा रहेगी और इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ता है तो हमारी सभी बहनों को रक्षाबंधन त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त दिन है याद कर लीजिए 17 तारीख को सिंह संक्रांति संक्रांति का सीधा सा आशय है सूर्य अभी कर्क कर राशि में चल रहे हैं तो इसको कर्क कर संक्रांति बोलेंगे सिंह में चलेंगे सिंह संक्रांति बोलेंगे कन्या में चलेंगे कन्या संक्रांति मकर में आते हैं मकर संक्रांति 18 तारीख को कजरी तीज रहेगा उसके बाद 21 तारीख को बलराम जी की जयंती और चौबीस तारीख को इस जगत के पालन भगवान श्री कृष्ण की जयंती है तो आप सभी लोग बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय और कमेंट में आप लोग जय श्री कृष्ण जरूर टाइप करिए भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हां दर्शकों यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाएं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं यदि आप वीडियो के माध्यम से जी हां अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर आपकी कुंडली का विधिवत विश्लेषण करके वीडियो अपलोड करके आपको दें तो उसके लिए भी आप पता कर सकते हैं उसके लिए शुल्क कुछ थोड़ी सी अधिक है लेकिन वो लाइफ टाइम आपके पास पड़ी रहेगी और कभी भी आप चाहेंगे तो और भी हम उस पर जो है आपको सुझाव देते रहेंगे तो कन्या राशि के जात को अगस्त का माह कैसा जाएगा तो एक से लेकर के आठ अच्छा एक चीज़ बताना भूल के देखिए गहो के गोचर की स्थिति क्या है आप लोग स्क्रीन पर अपने देखिए कि देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में है शनि और केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य बुद्ध शुक्र कर्क राशि में है लेकिन सूर्य देव 18 तारीख को हमने आपको बताया कि जब इनकी संक्रांति होगी सिंह संक्रांति जिसको बोलेंगे निकल कर के मंगल के साथ पराक्रम योग भी बनाएंगे वहीं देखिए इनकम के घर में बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है मतलब आपके लग्न के मालिक बुद्ध इनकम के घर में चले गए बहुत कुछ कमाल रहने वाला है इसमां दूसरा राहु का जो गोचर है ये मिथुन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं तो एक से लेकर के आठ तारीख तक की आठ अगस्त तक की आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा आप अपने भाषा से आप अपने जो है लेखन से और वाक्य चातुर्य से कई चीजें हासिल करते हुए नजर आएंगे सूर्य बुद्ध का आदित्य योग देखिए बना हुआ है तो इनकम इनकम के घर में बना है तो अपने से आप इस चीज को हासिल करते हुए नजर आएंगे। आपको व्यवसायिक सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है, है सप्तम स्थान जो होता है ये होता है साझेदारी का व्यवसाय का दांपत्य जीवन का उत्तम सुख मिलेगा सामाजिक कार्यो में अच्छा समय आप देते हुए नजर आएंगे लेकिन आपका खान बहुत ज्यादा बिगड़ा रहेगा एक बात और बता दें आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है लग सकता है कोई आरोप परिवार में लग सकता है राहु यहाँ पर बैठा पंचम दृष्टि जो दे रहा है ये कुटुंब के घर पे दे रहा है तो मिथ्या अपवाद के शिकार कन्या राशि के जातक होते हुए नजर आएंगे किसी के दुर्व्यवहार से आपको कष्ट होगा आपका मन बहुत अशांत रहेगा 9 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक कार्यों में असफलता मिलेगी भूमि भवन से हानि का योग बन रहा अब देखिए भूमि भवन से हानि का योग कैसे बन रहा हम आपको बताते हैं शनि और केतु बैठे हुए हैं जो है फोर्थ हाउस में फोर्थ हाउस होता है सुख का ठीक तो सुख के घर में ये केतु जो बैठ गया है शनि बैठे हैं ठीक है, है शनि से कोई दिक्कत नहीं है जीव क्षेत्र यदा शनि शनि क्षेत्र यदा जीवा स्थान वृद्धि करो शनि स्थान हानि करो जीवा तो इस परिभाषा के हिसाब से शनि यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं लेकिन केतु बैठ गए हैं तो ये अच्छे नहीं हैं तो आप लोग पेपर पर साइन करने से पहले देख लीजिएगा यदि आप किसी को पैसा देने जा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पता कर लीजिएगा कोई कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा होगा तो उसमें आपको असफलता अच्छा मिल सकती है और अभी अगर प्रॉपर्टी का जो है विचार इस माह के लिए अपने दिमाग से निकाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा इनकम आपकी अच्छी होगी खर्च भी उससे ज़्यादा आपका होगा तो आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा स्वास्थ्य आपका गिरेगा चले आ रहे कार्यों से आप जो है क्या कहते हैं जो आपके मुकदमे चले आ रहे हैं इसमें आपको इच्छित परिणाम नहीं मिलेगा केतु की पंचम दृष्टि के कारण स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहेगा कुछ आपको जो है क्या कहते हैं हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है और न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है संतान के विषय में कुछ चिंता आपको बनी रहेगी उच्च शिक्षा के लिए संतान यदि बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ यहाँ पर बाधाएँ आती हुई दिखाई दे रही हैं इसके बाद सत्रह तारीख के बाद से शुभ कार्यों में आपकी जो है आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं शुभ कार्य हो सकते हैं और यात्राओं का योग बन रहा है और ये यात्राएँ आपकी सफल होगी शासन प्रशासन में जो है बंधु बांधु तथा मित्रों का सहयोग मिलेगा जो लोग वस्त्रों से और सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित कोई भी व्यापार कर रहे हैं उसमें उनको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पदोन्नत संबंधी बात विवाद आपके समाप्त होंगे आर्थिक लाभ में कुछ कमी आएगी परंतु वार्ता लाभ से और अपने जो है श्रेष्ठ बुद्धिमता से आप कार्यों में जो अवरोध आ रहा है उसको समाप्त करते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं कोई मेजर एक्सीडेंट होने वाला होगा लेकिन उससे बचाव भगवान श्री कृष्ण आप लोगों का करेंगे बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति का भी योग दिख रहा है कोई नया एग्रीमेंट या कोई नया कार्य आप लोग कर सकते हैं एक बात और बताना चाहेंगे पार्टनरशिप में जो कार्य यदि आप लोग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहिएगा धन तथा भोग भोगविलास के साधनों का अभाव होगा मित्रों से कुछ दूरी जो है सत्रह के बाद से तीस तक की आप लोग बनाते हुए नजर आएंगे विद्यार्थियों की शिक्षा में इस दौरान प्रगति होती हुई दिखाई दे रही और जो परीक्षा है एग्जाम्स है इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी देखिए शनि यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं लेकिन तीसरी दृष्टि कहाँ पर दे रहे हैं छठे स्थान पर जो छठा स्थान होता है ये आपके कंपटीशन का होता है तो जो कन्या राशि के विद्यार्थी हैं और कॉम्पिटेटिव छात्र की तैयारी कर रहे हैं उनका कोई रिजल्ट यदि पेंडिंग है तो उसमें इनको सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आएगी दूसरा दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि शनि कर्म स्थान पर भी दृष्टि दे रहा है तो आप लोगों को मनपसंद जगह तबादले होने के योग बन रहे हैं कोई पदोन्नति आपको इस दौरान हो सकती है इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा एक बात और बताते हैं जंक फूड से बचिएगा अन्यथा आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन रहेगा वही पारिवारिक स्थिति में भी मिलाजुला असर देखने को रहेगा परिवार में आपका मान सम्मान रहेगा लेकिन कुछ बातों पर लेकर के वैचारिक मतभेद आपके उभर करके सामने आएंगे और देखिए जुपिटर जो यहाँ पर बैठा हुआ है नवम दृष्टि इनकी देख लीजिए उच्च राशि को देख रहा है तो इनकम तो आपको होगी ही होगी इससे कोई नहीं रोक सकता अब आप लोग एक कार्य ये करिए कि इस माह की जो शुभ दिवस हैं शुभ दिनांक इनको नोट कर लीजिए तो दो तारीख चार तारीख तेरह तारीख पंद्रह तारीख अठारह तारीख पच्चीस तारीख सत्ताईस तारीख उनतीस तारीख और इकतीस तारीख ये आपके लिए सर्वाधिक शुभ दिवस रहेंगे जो प्रतिकूल दिवस हैं तो तीन तारीख छः तारीख सात तारीख आठ तारीख दस तारीख बीस तारीख इक्कीस तारीख तेईस तारीख ये आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहने वाले हैं आपके लिए जो भाग्यशाली कलर रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए नंबर तीन और आठ अंक रहेंगे आप चलते हैं उपाय के लिए कि आप लोगों को प्रयोग क्या करना है उपाय क्या करना है तो देखिए दुर्गा जी के 32 नामों का आपको नित्य जाप करना रहेगा कहाँ मिलेगा गूगल कर लीजिएगा या हमारा फेसबुक पेज है अशोभिदासी उस पर आकर के आपको मिल सकता है उसके बाद देखिए प्रत्येक संडे को प्रत्येक रविवार को लाल कलावा आपको बांधना है नेक्स्ट संडे आएगा उस कलावा को आप लोग जल में विसर्जन कर दीजिएगा दूसरा कलावा बांधिएगा तीसरा बुधवार वाले दिन बुधवार के दिन गणेश जी को मीठा पान आपको अर्पित करना रहेगा गणपति यथर्वशीर्ष का पाठ नित्य आप लोग करिए और हो सके तो चंदन का तिलक आप लोग जरूर लगाइए राहु के प्रभाव को चंदन ही है जो कि कम कर देता है शांत कर देता है भ्राह्मी प्राणायाम नित्य करिए तो ये आप लोग प्रयोग करिए जीवन में आपके सरलता आएगी सुगमता आएगी ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं दर्शकों कैसा लगा प्रोग्राम लाइक कीजिए और हाँ आप लोग प्लीज़ सभी लोग लिखिए जय श्री कृष्ण तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उतने लोग जो है जय श्री कृष्ण जरूर लिखें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दीजिए इजाज़त तब तक के लिए जय श्री कृष्ण